हाय दोस्तों नमस्ते सलाम क्या आप सब उत्तम शर्मा आज आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं है मेरा माउस पॉइंट जो हिल राम है तो स्क्रीन कलर है तो मैं ये माउस कलर चेंज किया तो मैं बताऊं अगर आप भी चेंज करना चाहते हैं बाविश कलर तो कैसे चेंज करेंगे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर ले चलते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो चलिए चलते हैं विंडो पर अब चलते हैं सेटिंग में मेरा माउस पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों हर चीज आपको पढ़ के नहीं बता पाऊंगा उसका नाम नहीं बता पाऊंगा तो आप ध्यान से मेरे माउस पेड़ को देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए यहाँ पर क्लिक करने पर माउस पॉइंट क्लिक कीजिए माउस पॉइंट आने पर आप अपने माउस पॉइंट के बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं ऐसे ये मेरे स्क्रीन रे काउर फ्री में दोस्तों तो माउस पैड मेरा बड़ा हो रहा है छोटा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इस्क्रीन इस दिखाए ये नहीं दिखाता ये इसका भी है ये बड़ा छोटा करके नहीं दिखाया सेम दिखाए तो आपका माउस पैड बड़ा या छोटा होता है यहाँ पर आयरों में आप देख सकते हैं फिर माउस पैदल इतना बड़ा इससे भी बड़ा माउस पैड होता है अगर आप चाहते हैं माउस पैड को बड़ा करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं यहाँ मेरा नॉर्मल माउस पेड़ यहाँ से आप नॉर्मल कर सकते हैं ये हो गया ये देख, तो देख सकते हैं मेरा माउस पैट वाइट हो गया यहाँ से आप चेंज करेंगे तो आपका ब्लैक होगा माउस पैट ये देख सकते हैं ब्लैक हो गया तीसरे नंबर पर करेंगे तो आपका कोई कलर नहीं रहेगा गया जिसपे आप अपना माउस पैट ले जाएंगे उसी कलर में आपका माउस पैट ढल जाएगा ये देखिए इस, इस पर गया तो कैसा लगा जिस पर जाएँगे लेकर मेरे माउस पैड कलर बदल जाए बीच में लिखा हुआ है देख देख सकते हैं एक कलर कैसे चेंज होगा यहाँ पे कलर अलग कलर अलग जिस जगह आपका माउस पड़ जाएगा वहाँ पर कलर चेंज होगा यहाँ पे एक कलर यहाँ पे काफ़ी कलर दिए हैं इसमें से आप चूज कर सकते हैं और इसमें से नहीं चूज कर सकते थे इस पर आप कलर क्लिक कर सकते हैं इसमें, सकते हैं। इसमें, सकते हैं। इसमें मुझे सेलेक्ट कर सकते हैं घाटा बढ़ा सकते हैं अपने चॉइस अनुसार तो तो घटाइए बढ़ाइए जैसा चाहिए हो वैसा आपका माउस पॉइंट कलर चेंज कीजिए कैसा लगा मेरा वीडियो कॉमेंट बताइए और दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पे काफ़ी सारे सिस्टम है इन इनके बारे में मैं बताऊंगा इस विस्तार बाद में अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इसके बारे में बताने चलाऊँ तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत बोली उससे आपका जब भी मैं नई वीडियो लाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो बे धन्यवाद दोस्तों खुश रहिए स्वस्थ रहिए